विदिशा जिले के पठारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम छपारा में भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई जो ग्राम के श्री राम जानकी मंदिर हनुमान मंदिर भैरव मंदिर होते हुए गांव से करीब छह किलोमीटर दूर पठारी करेली धाम पहुंचा कलश यात्रा में सैकड़ों वाहन हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे शामिल थे भव्य शोभा यात्रा में महिला मंगल गान करते हुए चल रही थी साथ युवा डीजे पर थिरक रहे थे तो वही श्रद्धालु परम्परागत राम भजन कीर्तन करते चले आ रहे थे युवाओं ने ढोल लगाड़ो के साथ आतिशबाजी भी की गौर करने वाली बात यह है कि यज्ञ उस स्थान पर हो रहा है जहाँ कोरोना काल में चमत्कारिक पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हो गया था इसके दर्शन करने पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लोग आए थे तब उस स्थान पर कुछ भी नहीं था आज एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इस स्थान पर जो भी श्रद्धालुओं ने अपने मनोकामनाएं बांधी थी उन सब आमंत्रित किया गया है यह यज्ञ सात दिवसीय है ग्राम के सरपंच ठाकुर गोविंद सिंह ने कहा है की सभी ग्राम के सहयोग ऐसी यह कार्यक्रम हो रहा है आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस यज्ञ में शामिल होकर धर्म लाभ लेकिन चमत्कारी पंडित यात्रा में भी शामिल है तो आपका क्या कहना है जब जिस दौरान हमारा पीपल खड़ा हुआ था और जगह जगह ऐसी कोरोना में भी जनता आई थी जी आई जी। और सबने लगभग लगभग अपने धागा बांधे थे जी बांधे थे। मान्यताएं मांगी मांगी मान्यता यदि सबकी इच्छाएं पूरी हो गई है भगवान माता रानी ने भगवान भोले रात ने पीपल देवता ने यदि पूरे कर दिए हैं। कर है तो आप उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं? जी कहिए आप बुलाइए सभी लोग हमारे यहाँ जो भी पीपल के पेड़े के आए थे सबकी मनोकामना पूरी हुई वो सब लोग हमारे यहाँ आमंत्रण है इस यज्ञ यज्ञ यज्ञ में, इस यग में। यग कितने दिन दिन चलेगा चलेगा आज आज से आज से सभी कल से यात्रा से प्रारम्भ हुई हमारे ग्राम पंचायत छपारा में चमत्कारी माता मंदिर आपने सुना होगा कि बहुत पहले पीपल का पेड़ अपने आप खड़ा हुआ था उस चमत्कारी जनता के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और शब्द शब्दों है लिए महयज्ञ हमारे ग्राम में हो रहा है शिवाजी है भव्य कद यात्रा छतारा से प्रारंभ होकर पठान के मध्य मार्ग से होती हो कले है पंचायत अबारा के सरपंच आदरणीय सरपंच साहब बताइए कहाँ से प्रारम्भ हुई है कलश यात्रा बहुत धन्यवाद जिन लोगों को मनोकामनाएँ पूरी हुई थी जब भी तक खड़ा हुआ था और तो जब ये लोग मनोकामनाएँ पूरी हुई थी तो वह सब भी आने की इच्छुक हैं और हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं इन तीन दुनिया में मनताएँ मानी थी सब लोग के अपने पधारे और चमत्कार के दर्शन